मेरे सभी सम्मानित दर्शकों नमस्कार मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वृषभ राशि के जून माह के इस राशिफल में इस राशिफल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जून का यह माह वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं और इस माह को आप कैसे प्रभावी बनाएं क्या ऐसा शुभ उपाय करें कि इस माह शुभता में वृद्धि हो दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले देखिए बताना चाहेंगे तमाम हमारे दर्शकों की क्वेरी रहती है कि राशिफल किस पर आधारित है तो प्रिय दर्शकों ये राशिफल हमारा चंद्रमा के भी राशि पर आधारित है और आपके नाम राशि पर भी आधारित है क्योंकि तमाम दर्शकों को अपनी जो है राशि नहीं पता होती है उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है तो नाम राशि से भी वो लोग देखते हैं उन लोगों के तमाम कमेंट आए कि सर आप जो है इसमें नाम राशि को भी ऐड करिए तो हमारा ये राशिफल चंद्र राशि प्लस नाम राशि दोनों पर आधारित है आप लोग देख सकते हैं इसको आगे बढ़े दर्शकों से पहले बताना चाहेंगे कि जून माह में हमारा जो है अमृतसर चंडीगढ़ हिमाचल और देहरादून बनारस इतनी जगह हम रहेंगे तो आप लोग जो है हमारे कार्यालय में संपर्क करके जो है अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं जून माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो तीन जून सोमवार दिन रहेगा और शनि जयंती रहेगी और अमावस्या दिन रहेगा कृष्ण पक्ष की उसके बाद तीन जून को एक बहुत बड़ी पूजा होती है वट साबित्री व्रच। तो ये भी मिथुन संक्रांति अर्थात जो सूर्यदेव रहेंगे अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं है। फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे सोलह तारीख की हम बात करते हैं रविवार दिन रहेगा वट पूर्णिमा व्रत और 17 तारीख को जेष्ठ पूर्णिमा रहेगी और 29 तारीख को योगिनी एकादशी 29 जून को शनिवार दिन रहेगा योगनी एकादशी देवरावा बाबा का आप लोगों ने नाम सुना होगा तो योगनी एकादशी के दिन ही उन्होंने जल समाधि अपनी ली थी तो चलिए दर्शकों अब राशिफल पर आगे बढ़ते हैं कि वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा इस माह के लिए ग्रहों की स्थिति क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं शुक्र वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं लेकिन पंद्रह तारीख को ये मिथुन राशि में आ जाएंगे राहू मंगल बुद्ध ये मिथुन राशि में है बुद्ध स्व है और राहु भी यहाँ पर देखिए उच्च के हैं जुपीटर वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं शनि और केतु धनु राशि में गोचर कर रहे हैं तो इसी के आधार पर हमने संपूर्ण राशिफल बनाया है आप लोगों के लिए कैसा जाएगा ये माह तो जून माह में एक बात बता दें दर्शकों सबसे पहली बात हम आपको पारिवारिक जीवन में बता रहे हैं तो इस महीने पारिवारिक जीवन में कोई आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है कोई खुशखबरी मिलने वाली है मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है ये पंचम स्थान पर पड़ रही है और पंचम स्थान होता है संतान का तो जो लोग भी संतान सुख से वंचित थे इस माह उनको जो है संतान सुख प्राप्त होने वाला है परिवार में खुशखबरी कोई मिलने वाली है कामकाज से संबंधित यात्राओं में देखिए लाभ होने वाला है क्यों होने वाला है चूँकि शनि कहाँ पर बैठे हैं शनि देख लीजिए यहाँ पर अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं और जो शनि है शनि की तीसरी दृष्टि कर्म के क्षेत्र पे पड़ रही है जो अष्टम स्थान होता है ये यात्राओं का भी होता है और जो दसम राज्य में इसको बोलते हैं ये होता है आपके नौकरी का तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो यात्राएं आपकी होगी और ऑफिस से रिलेटेड यात्राएं होंगी इन यात्राओं में आपको लाभ होने वाला है व्यापार व्यवसाय में अच्छा लाभ होगा आपके समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा अच्छी बनी रहेगी देखिए जो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है जिसमें शुक्र बैठा हुआ है दो नंबर में ये होता है कि आपका मान सम्मान कैसा रहेगा पद प्रतिष्ठा कैसी रहेगी इससे देखा जाता है तो जून माह में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा अच्छी बनी रहेगी परिवार के तरफ से आपको सुख भी बड़ा उत्तम प्राप्त होगा आप अपनी प्रतिभा और वार्तालाप की निपुणता की वजह से दूसरों के बीच में चर्चा का कारण बने रहेंगे उच्च पदासीन लोगों के साथ आपके संबंध बड़े मधुर होंगे क्योंकि बुद्ध स्वराशि राहु यहाँ पर उच्च के हैं तो जो सेकंड स्थान होता है कुंडली का ये आपके कुटुम्ब का होता है तो इस कारण हमने बताया पारिवारिक सुख बड़ा उत्तम रहेगा दांपत्य जीवन में भी आपके तमाम जो है सुखद एहसास की अनुभूति होगी यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में पद पोजीशन प्राप्ति की उम्मीदें बन रही हैं आपकी योजनाएँ लाभदायक सिद्ध होंगी इस माह एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों की उत्तम वाहन सुख आप लोगों को बन रहा है यात्राएं करने के तमाम अवसर आपके हाथ में आएंगे घर में कोई मांगलिक उत्सव का आयोजन हो सकता है मित्रों के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा एक बात और बताना चाहेंगे किसी प्रकार के बाद विवाद से आपको बचना रहेगा देखिए सेकंड हाउस जो होता है वाड़ी का भी होता है और यहाँ पर मंगल देव आ गए हैं तो वाद विवाद को कुछ बढ़ावा दे देंगे और आप अकारण ही किसी से झगड़ा कर लेंगे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले में आपके पक्ष में निर्णय आने की बहुत हद तक की उम्मीद है जो राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है ये आपके जो है कुंडली के छठे स्थान पर पड़ रही है तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड तमाम मामले आपके पक्ष में होंगे इस महीने अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए हर कोई आपकी मदद करता हुआ नजर आएगा जिससे आपके कार्य आसानी से सफल होंगे लेखन शैली जो है लेखन के कार्यों में अपना नाम आप रोशन कर सकते हैं सप्तम स्थान है तो जो लोग राइटर हैं या जो लोग लेखन से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं जुपीटर सप्तम में चुके हैं तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि लेखन से रिलेटेड स्टेशनरी से रिलेटेड यदि आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें चार चांद लगने वाला है यदि आप राइटर हैं तो आपकी लेखन शैली बहुत ही उत्तम होगी और दूसरों को बहुत प्रभावित करेगी इस महीने आप सुख सुविधा के तमाम साधनों के लिए खर्च करेंगे आप अपनी मीठी वाड़ी का प्रयोग करके लोगों के साथ संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करेंगे घर में कोई नन्ना जो है मेहमान का आगमन का संकेत मिल रहा ये हमने आपको पूर्व में बता ही दिया है एक बात और बताना चाहेंगे कि इस माह तमाम यात्राओं के योग हैं और ये यात्राएं बड़ी मनोरंजक और बड़ी धार्मिक रहने वाली है वृषभ राशि के जो जातकों के लिए आपके पिता को इस महीने स्वास्थ्य को लेकर के कुछ छोटी सी जो है परेशानी हो सकती है इस महीने धार्मिक प्रवृत्तियों में वृद्धि देखने को मिलेंगे लंबी दूरी की भी यात्राएं संभव है पूजा पाठ एवं धर्म से जुड़े कार्यो में अच्छा समय व्यतीत होगा देखिए एक चीज बता दे दर्शकों जो कुंडली का अष्टम जो है स्थान होता है ये अकल्ट का होता है और राहु केतु यहां पर बैठा हुआ पंचम दृष्टि कहां पर दे रहा द्वादश घर पे ट्वेल्थ हाउस किस चीज का, का होता है ये आपके मोक्ष का होता है तो इस समय धर्म कर्म पूजा पाठ इसमें आपका बड़ा मन लगेगा आपके द्वारा की गई मेहनत अथक प्रयासों के फलस्वरूप आपको जो है मान सम्मान की प्राप्ति होगी परिवार के सदस्यों से मिलने वाले सुखों में वृद्धि देखने को यहां पर प्राप्त होती हुई नजर आ रही है सरकारी क्षेत्र से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं और इस दौरान आपको अपने मित्रों का सहयोग और सान्निध्य प्राप्त होता हुआ नजर आएगा एक बात और बताना चाहेंगे कारोबार में लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपकी मेहनत रंग लाएगी किसी भी मोड़ पर परिवार साथ छोड़ने वाला नहीं है परिवार का सहयोग आपको हमेशा अच्छा मिलेगा तो वृषभ राशि के दर्शकों ये तो था जून माह आपके लिए कैसा जाएगा अब जून माह को प्रभावी कैसे बनाएं और तमाम चीज़ें हैं कि जून माह में देखिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना है तो कंट्रोल कैसे रखना उपाय हम आपको बता रहे हैं ये उपाय यदि आप लोग जो है प्रतिदिन कर रहे हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा सबसे पहली चीज़ हम सेकंड हाउस का उपाय करा रहे हैं आपकी वाड़ी का क्योंकि जब आपकी वाड़ी अच्छी होगी उग्र नहीं होगी तो अपने काम खुद ही बनते चले जाएंगे। सबसे पहले नित्य सुबह उठिए और उगते सूर्य के दर्शन आप करिए और गायत्री मंत्र का 21 बार आप लोगों को जाप करना रहेगा मंगलवार वाले दिन मसूर की दाल और गुड़ का दान आपको धर्म स्थान पर करना होगा हनुमान अष्टक का पाठ आप लोग नित्य करिए हनुमान अष्टक तो आप लोग जानते ही होंगे तो हनुमान अष्टक का पाठ आप लोगों को नित्य करना है वाहन जो है सावधानी पूर्वक इस माह चलाने की हम सलाह दे रहे हैं आप लोगों को रविवार के दिन संडे के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है यदि हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को शिवलिंग पर यदि आप जल चढ़ाएंगे तो जल में गुड़ डाल करके तब आप लोग जल अर्पण करेंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम आपको प्रयोग बता रहे हैं दर्शकों तो ये आप यदि प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए जून का माह ऑलरेडी आपके लिए अच्छा है ही है बहुत अच्छा है लेकिन इन उपायों को यदि आप करते हैं तो और अच्छे से निखर करके आएगा तो दर्शकों जहां समस्याएं हैं वही समाधान है तो यदि ये समाधान आप कर लेते हैं और कुछ समस्याएं जो आ रही हैं तो स्वतः खत्म होती हुई नजर आएगी कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हाँ दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कि आप सभी दर्शकों के बीच जून माह का जो हमारा पूरा जो है शेड्यूल है बनारस आ रहे हैं देहरादून आ रहे हैं चंडीगढ़ आ रहे हैं अमृतसर आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं इतनी जगह आ रहे हैं तो जो भी इच्छुक दर्शक मिलने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं आप लोग ऑफिस में अपनी अपनी बुकिंग करवा लीजिएगा और फिर विश्लेषण करवा सकते हैं कैसा लगा हमारे प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे जितने सम्मानित दर्शक होंगे उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और इस वीडियो को लाइक किया होगा इस वीडियो को आप लोग अपने व्हाट्सएप फेसबुक पेज पर जमकर शेयर कीजिए दीजिए चार्जर तब तक के लिए नमः